नमस्कार मल्टी टैलेंट स्टूडियो आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता है जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा छोटे से घटना के माध्यम से बताना चाहता हूँ गर्मियों में अक्सर मेन नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता था व्यक्तिगत रूप से मुझे स्ट्रॉबरी और आइसक्रीम पसंद थी परंतु मुझे यह पाया कि अजीब कारण से मछलियों को कीड़े पसंद थे इसलिए जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता कि मुझे क्या पसंद है मैं हुक में स्ट्रॉबरी क्रीम का चारा नहीं लाता था इसके बजाय मैं कीड़े को मछली के सामने लटकाकर उससे पूछता था क्या आप इसे खाना पसंद करेगी? क्यों ना हम लोगों को आकर्षित करने के लिए इस कॉमन सेंस का प्रयोग करें दूसरी घटना है क्रम पैदा होता है अपनी मूलभूत इच्छा से और बिजनेस स्कूल और राजनीति दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को सबसे बढ़िया सलाह दी जाती है सबसे पहले सामने वाले आदमी में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा और आप किसी को किसी बात के लिए राज़ी करना चाहते हो कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर खुद से पूछे मैं इस आदमी या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे पैदा कर सकता हूँ इस सवाल से हमें यह लाभ होगा कि हम बिना सोचे समझे किसी परिस्थितियों में कूदने से पहले अपनी इच्छाओं के बारे में फालतू की बातें करना बंद करें अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह है कि हमने सामने वाले का नज़रिया समझने की योग्यता हो और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें यह इतना आसान है जितना स्पष्ट है जिसकी सच्चाई में हमें पहली नज़र में ही समझ जाना चाहिए परंतु फिर भी नब्बे प्रतिशत लोग नब्बे प्रतिशत से भी ज़्यादा समय नज़रअंदाज करते हैं ध्यान रखें कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सके और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें मनोवैज्ञानिक ने एक बार कहा था आत्म अभिव्यक्ति इंसान को स्वभाव की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है हम इसी मनोवैज्ञानिक सूत्र को अपने बिजनेस में क्यों नहीं उतार सकते जब भी हमारे दिमाग में कोई भी बढ़िया विचार आए तो उसमें हमें अपने विचार के रूप में दूसरों के सामने पेश क्यों करे इसकी बजाय हम ऐसी तरकीब क्यों ना करें कि यह विचार उनके दिमाग में अपने आप जाए तब उन्हें यह विचार अपना लेगा और वह इसे पसंद करेंगे और शायद वे इसे बिना किसी के कहे अपनी इच्छा से भी मान लेंगे याद रखिए पहले तो सामने वाले आदमी को हमें काम करने की प्रबल इच्छा जगाए जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा आज का सीधांत सामने वाले आदमी में प्रबल इच्छा को पैदा करना मल्टी टैलेंट स्टूडियो अपने व्यूवर्स का फिर से धन्यवाद करता है उनके सुझाव के कारण कमेंट के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और नए विचार देने की हमारे को एक प्रेरणा मिली है बने रहे यूट्यूब स्टूडियो में विजय आर्य के साथ